धान बड़ा दुरा पर धान बड़ा दबरा फिर काम करेंगे पीवे जो पानी गंदा रहे मरे कोई बीमारी जैविक खेती करके का दूध पिला देंगे आवे तोड़ा अगर मैडल र हम ईसा माहौल बना देंगे आवे तोड़ा अगर मैडल र हम ईसा माहौल बना देंगे चिल्ला रे कर बड़े बूटिया का सम्मान दो